नमस्कार आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करें करने जा रहे हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु कैसे बना दिए इसके सफरनामा को पर चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं भारत विश्व गुरु बन गया ढोल बजाइए नगाड़ा बजाइए दीपक जलाइए इतना संभव नहीं है तो थाली या ताली ही बजा लीजिए मोबाइल का टॉर्च जला लीजिए लेकिन जश्न मना लीजिए क्योंकि इससे बढ़िया समय वह अच्छे दिन भारत में आने वाले नहीं है विश्व को वर्तमान भारत से सीखना चाहिए कि देश में अच्छे दिन कैसे लाए जाते हैं अच्छे दिन कैसे होते हैं ऐसे दिन पर जनता को कैसे नचाया जाता है ऐसा लगता है वह लोगों के द्वारा से द्वारा से सुनने से पता चलता है कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रवेश किया है तब से भारत का जन्म हुआ है और जब से प्रधानमंत्री बना है तब भारत आज़ादी का सांस लेना शुरू किया है इससे पहले पंडित नेहरू इंदिरा पंडित नेहरू इंदिरा राजीव मनमोहन सिंह गुलाम भारत के प्रधानमंत्री थे इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया अब वर्ष दो चौदह से भारत में बड़े बड़े इमारत स्कूल कॉलेज रातों रात बन कर खड़ा हो गया मोदी ने मात्र 2014 से 21 में ऐसा भारत बना दिया जिसे वर्तमान में देख रहे हैं ये चीज़ ये चीज़ विश्व समुदाय को सीखना चाहिए वीर समुदाय को सीखना चाहिए कि अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदानों को कैसे जनता के दिमाग से निकाला जाता है वीर समुदाय को ये सीखना चाहिए कि एक हज़ार के नोट से काला धन जमा होता है लेकिन दो हज़ार के नोट काला धन को समाप्त करता है ये बात जनता को कैसे समझानी है गुरु मंत्र वीर समुदाय को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए वर्ष 2014 से पहले तक देश में भारत में स्कूल कॉलेज थे आज तक वही हैं बल्कि बिहार में प्राइमरी बच्चों को किताब सरकार देती थी अब इन बच्चों को किताब पहल किताब पहले अपने पैसे से खरीदने पड़ते हैं और फिर सरकार पैसा देती है इसके बावजूद भी भारत में बिहार में ये मोदी लहर है कि वर्तमान सरकार ने मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर दिया है ये लहर कैसे पैदा किया जाता है विश्व को सीखना चाहिए वर्तमान भारत से जनता भारत की जनता महामारी में सड़क पर भूखे प्यासे मर रही है के दरमियान भी कैसे अवसर पैदा किए जाते हैं और पी केयर फंड बनाकर लोगों से चंदा लिया जाता है जिसमें जब चंदा आना बंद हो जाता है तब से तब यह कहा जाता है कि इस संस्था को भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है यह भारत सरकार का नहीं है बल्कि ये चैरिटी संस्था है जनता को ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है वो विश्व समुदाय को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए इसके अलावा और बहुत सारे शासकीय गुण हैं जैसे देश में तीन किलोग्राम ड्रग्स कैसे लाए जाते हैं और जब उस पर जनता को जवाब देने का समय आता है उस टाइम झोला लेकर अमेरिका कैसे निकला जाता है वे समुदाय को सीखने की ज़रूरत है भारत से विशेषकर अमेरिका जापान ब्रिटेन रूस ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देश को तो आवाज़ सीखना होगा भारत से यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद